ये को तो छोड़ो अगर पूरी दुनिया में कोई भी अगर ऐसी हरकत करता हो तो मैं अपना चैनल डिलीट कर सकता हूँ देखो ये क्या करता है अमेरिका में जब भूकंप आता है प्रिकॉशन लेकर घर से बाहर आ जाते हैं जापान में जब भूकंप आता है तो लोग दीवार के कोने पे लगकर अपने सिर के ऊपर कुछ ऐसा रखते हैं, जिससे उनको चोट से बचाव हो आता है तो लोग प्रिकॉशन लेने से पहले फेसबुक पर पोस्ट अपलोड करते हैं व्हाट्सएप पर स्टेटस और ट्विटर पर ट्वीट कि भूकंप आया है प्रिकॉशन ले लो मुझे तो ऐसा लगता है की इंडियन के नाम पे अपनी हरकत दिखाते हैं इस वीडियो पे अपने कमेंट ऑफ करके कर रखा है क्यूँकी उन्हें खुद पता है